इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर कैसे करें घर बैठे सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करेंगे प्ले स्टोर में देखेंगे आई पी, पी, आई पी लिखने के बाद यहां पे इंस्टॉल कर लेंगे मेरे में इंस्टॉल है इसीलिए ओपन ओपन कर करके उसके बाद जो परमिशन मांगेगा, एलो कर देंगे एलो कर देंगे सब परमिशन को उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे हम अपना अकाउंट नंबर डालकर ये देखते हैं उसके बाद नीचे में कस्टमर आईडी डालेंगे कस्टमर आईडी डी निकालने के लिए हम आपको बताएंगे अंतिम में वीडियो के अंत में कहाँ से मिलेगा कस्टमर आई कस्टमर आई डालेंगे उसके बाद उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहां पे डाल देंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे जो मोबाइल नंबर हम दिए थे अकाउंट ओपनिंग करने करते समय वो मोबाइल नंबर डालेंगे उसके बाद यहां पे रजिस्टर मोबाइल नंबर डालने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पे चार डिजिट का हम ए, एम पिन बना लेंगे जो ऊपर एम पिन देंगे वही नीचे में भी डालेंगे उसके बाद सेट एम पिन पर क्लिक करेंगे सक्सेसफुल हो जाएगा ओटीपी आएगा ओटीपी इस यहाँ पे डालेंगे छः डिजिट का ओटीपी आएगा ओटीपी ओ टी सबमिट करेंगे उसके बाद एम पिन से इसको लॉगिन कर लेंगे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सब सुविधा का लाभ उठा सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके आप अपना कस्टमर आईडी डी ले सकते हैं कस्टमर केयर से कस्टमर केयर आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा उसके बाद आपको अपकर, आपका आपका कस्टमर आई प्रोवाइड कर दे